आके हट साला साला साला के के के जान से से मार मार दे, फाँगे। फाँगे। मार दे का तो किन्नी खोसी बेच को आदमी जाके गलत काम कहला करते इज्जत से मेहनत तो मानी। साला आगे। आगे। ओ ओ, चला है ने। रे साला तू अपन मुंह बंद रखना ओ तू जा से नहीं। देखो नहीं साला घर में तो मामा पैसा भेज लगे करिया जाए तो बाप खसी बाप है सलाह एक खर्चा होकर देवल सलाह तो अभी खांसीयो बेच देवे तू देखिए खांसी कितना देला हुआ रे तेरी चार किलो खांसी के कौ रूपए रे दू हजार तो साला देबे कर लूपये का सामने कूपये तो हाँ तो बच गए तो? रे भाई आज बाईस तारीख है एक जनवरी आये वाला है नया साल ओ साले लोगन चाहत रह कि हम अपन खासी के पैसा साले पिकनिक में लुटा दे हट हट ए भाई नुए ए ए ढेला भाई गोरे हम चाउर देबौ ए ढेला भाई ए हम तेल देबौ ए भईया हम मसाला देबौ हमनी के सब मिलके ई मंगा मल जाई ई कथि ओका ले रे उहे दारू रे साला रे फसोबे करे साला बिहार में दारू बंद है यो हमरा पतावा कोभिया बेचेला कोन कोभिया चल न बताई लो चल नये साल से पहले साल दी। इतनी करे? चावल। तेल, मसाला, मसाला, मसाला, मसाला मसाला। मसाला गरम गरम मसाला गरबर साला, मीट चल सब हो गए। रे आगी मसाला चाउर सब में जो जो, जो इतनी मोबाइल कर कहा साल का मैदान लागल जाते-जाते छेड़ रे रे, तो रे, रे रे, रे रे? रे बंटिया फोन फोन देख के कौन सरवा बाप के नाम बा। देखी बंटिया खे? रे सला रे? दोगला कैले बी उस अभी बंटिया निकल ठीक कले फोन लाई पैसा वो ला कह रे रेस साल आज, आज पुराना साल है दारू रे साला, आज साला काला कहां से रहे? रे रे पैसा से से आज के आ चल चल। हम देखले बानी लगे पुलिस में पियालो नाम कर दिया देख आज हम तुरा लाइक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लेके एलबे जहा पे तू प्रशन करके बहुत सारा पैसा कमा सकता रहा कैसे वो प्लेटफॉर्म के नाम परी मैच अरे परी मैच में हर स्पोर्ट और चैंपियन में प्रिडिक्शन कर सका था रहा जैसे कि बिग बैस लीग कबड्डी पीकेएल और हॉर्स रेसिंग भी परिमेच एगो लीगल एप बामे लो मिनिमम डिपॉजिट बा फास्ट विड्रो एमेजिंग और सुपर फास्ट 24 फोर इंटू सेवन कस्टमर सपोर्ट बा बाच ने नया फीचर लेके आया है कैशबैक फॉर इट्स यूजर परिमेच में तीन गो इजी स्टेप बा रजिस्टर करे पहले गूगल पे जाके परी के परिमेच बा। सर्च करे के बांक पे क्लिक करके साइन अप करे के बान मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट करे फर्स्ट डिपोजिट कर बा वेलकम बोनस और अपन अर्निंग स्टार्ट कर दो परिमेच में बहुत तरीका सक कमाए के अपन क्रिकेटर डेलस्टन के साथ भी तू क्रिकेट खेल सकत र ओकरा बाद और परि मैच के रजिस्टर करा और वेलकम बोनस 15000 तक ला अरे वाह तब डाउनलोड करा ठीक चल सर अमित बनिया बुझले बारे देखियो देखियो हट हाँ। रे मरे साला में पुलिस से डर लागत रे बाक रे साला सलाया पुलिस हमरा का में थुरियाव ले साला खपा देबई साला चलो हमरा घरे आओ आओ बारह दिन पर मिले हाँ, के जान ना बारह दिन पर मिले इस साला काहे लक्ष्य बता रहे हैं इस साला आखिर तो पीबे भी पी भी कर दीजो ना इस साले अकेले पी हाँ ये राहल मुर्गा के पत्थरी और करेजी देखा तो मेरे दो साला साला दोगलाई साला दस सौ पीस बाद दो पीसे बेसी कौनो सरों ना खाई मत पहनावल जाओ सर इला सब नहीं मानेगा उठा के गाड़ी में डालेगा सबको कारे साला, तू तो कारे साला हमारे गांव में पुलिस से तो खपा दें। ये ठेला, नया साल मुबारक हो। जुब सरवत तू बोल मत, साला तू और बात हमारा स्वाद नहीं खियो। ये धोर तला चाउल, ये धोर साला प्याज सेल मसाला। रे साला ऐसे सलात कथी रे? रे साला सलाट मे सलाप कमा के, का के देले रे। साला हर जगह हमें खर्चा करी रे सला ढेलबा झोंकारे वाला बात कहला बोलता रे रे सलासीचले तो को हाँ। तो कैगो एगो सलाह एगो हो तो चल मार के खा जाए जाओ चल तू अपने बाप से डेरा लिस्कार प्यार करती बात सलाह मंगा दे चला चल मार के खा जाल जाओ, चला जिंदगी में कथी हो रे सला खैले पीले साथ सांथ तो। गला जगह पर हाथ बानो तो मैचिंग कर जो रे सरवा जो तो सोचत का बे साल के खोसी खोल के लिए आई रेला कू बंद रख लाई सरवा बोलते बहुत खीस भर इस सला दारू पकड़ा गया कहीं सला हमारे माथा सहन कल सलांटल ग्लास गिर जाये के दिक्कत होता है में समझले तू तो समझ ले तू सलाह बोलत तो सही में सबके खीस बड़ा सलाह सलाह इे सब होता साला मुंह हो सला चल साला पहले कर खांसी खोल के ले ले आवल जा उठाओ चल, चल।, चल। या दो भाई देख इंग्लिश के मतलब नया साल मुबारक बारे तू तू तू तू हैप्पी हैप्पी हैप्पी भाई हो। आ, साला। साला। यार हा इंग्लिश बोलब सलाह वही से सला बोले तेज बारे चल जाके खसी खोल चल चल चल भाग सला हमरा जे बौ सला बाप सला हमरा पूरा पागल हो सला खसी बेचले बानी सला मार काट दे तू ते काम कर तू बंटिया पीछे में जाके खसिया खोल हम साले तोरा बाप के झुरई ले रहीले हां चल। चल।, चल, चल।, चल।, चल।, चल चल नया साल मुबारक हो चाचा खुशी रहो प्रणाम थोड़ी है का नहीं है चाचा हैप्पी न्यू ईयर का नहीं है साले हमरा से हंसी ठिठोली करेल बड़ो ओ सला अपना बाप के हैप्पी न्यू ईयर कहिए त रे सला तू मारत काहे बारे हट अपना बाप से राम तारीह कर बापा के ए चल मार गोबरे गिरा दे मजाक करे अरे बाप रे बाप ई सबरा अपना के बर्बाद क देल अब ये गुना पांच पांच गुना लाश गिरी ए साला तोर बाप के हमर लेला साला का मारेला तोहर बाप साला मरतौ दम छोड़ दम करे रे ए साला तू बूढ़ आदमी से मजाक कर रही साला मरतौ कि छोड़तौ ए हट चल ईवा भाई करे ई साला बूढ़ा आदमी के उठा के पटक लखा साला ई हट साले ससे मार के मुवा दौ खसियत त साले भाग गलग रे साला ख़ोसी है कहाँ भाग गया ही रे? ये होना पड़े। आप कर रहे? घर रे घर घर घर घर घर घर घर। आराम से आराम से। बकर ले बकर। हट, हट, हट साला तुम अच्छे। आई सारों का खाली पचाऊँ नहीं खाई। साले हम चूस तो खाएँ। एक अगर गारवा किया तो बाहु। हाँ क्या था? देखा उस का साला कादे खतरे साला कादे खतरे साला खौसी आ गया है। ऐ ढ़ेला, देखा था नहीं खौसी है कि पार्टी है। आए, आए छोड़ आए, यहाँ से लगाता। देखा लगा रामहत्तारी के बकरी के बोका देखा है। साला, मावगा कोई के जगार देखा था रामखौसी। कोई किलो बारे खौसी? कारे साला साहब तो नहीं ना चुदार छोड़िए, माल माल। उठाइए तुम लोग बकरी बकरी लाया है रे? सर नहीं है, खसी है, सर सर नहीं तो क्या करेगा इसका? सर काट के होली मनाएंगे साला पिकनिक मनावे के है रे दोगला। सर काला बाजार में भीड़ भरा का में जाइएगा वहाँ खरीदिएगा तो छह सौ रूपएगा इसी में से कटवाना लीजिए दो किलो ये सब भी खुश रहेगा हम लोग भी खुश हो जाएंगे काट रहे काट सर जी चार किलो तो है नहीं है दो किलो तो हम अकेले खा जाते हैं दारुगा तो लीएगा पी के रह जाइएगा सर इस साला सबको देख रहे हैं हाउ साला कितना नवाबी अभी बतिया रहा है साला कह रहा है कि दो किलो अकेले चापते हैं साला बिहार में दारू बंद है बैठ के दारू पी रहा है ले चलिए साला सबको थाना में दो महीना बंद कीजिएगा ना तो सब साल के गांड का चोर भी उतर जाएगा चल साला अंदर चल सर सर छोड़ दीजिए सर सर सर हम अभी काट रहे हैं सर हम अभी काट रहे हैं उ लईका उ नहीं जानता है ए ए छोड़ो लाओ खसवा लाओ खसवा लाओ लाओ अरे बाप ए चलो रुक रुक रुक रुक रुक अरे साला तू कौन बने रे कितना बनिए खसी काटे तरह लगा तू साला मार के सबके बेलगा देले ओ साला के जान से मार दे हमर खसी चुरा के ले रलखो उस साला हमर बेटा बा हट साला दरोगा पुलिस चोरे के जगे बा जगेबा दरोगा हुआ रुख सला